वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम गाइस बीएस गेमर में आप सभी का स्वागत है और एक नया फाड़ू वीडियो में भाई भाई मेरे साथ हुआ ये कि मैं चला फर्स्ट गेम मतलब पहला स्टार्टिंग किया रैंक तो सोलो में मैं सोचा सोलो खेल लूँ पहला गेम खेलूँ तो देखूँ सोलो खेल के कैसा लगता है भाई ओनली हैथ ओनली रेड नंबर गिर रहे थे भाई क्या ही बोले भाई ओनली रेड नंबर ही गिरते हैं भाई मतलब कि बोट आया या प्लेयर आ रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं सिर्फ गेम पे फोकस था मेरा और गेम खेलने का मज़ा उठा रहा था बस गेम में भाई आप सभी के साथ ऐसा कभी हुआ है तो बताना यार तो फ़िलहाल तो हम लोग लैंडिंग कर रहे हैं हैंगर में तो हैंगर में लैंडिंग करते हुए हमको भाई मिल चुका है गन एक और यहाँ पे निमी एक शायद उतरा है कहीं मेरा स्क्रीन में दिखाया था तो कोई बात नहीं ढूंढ लेंगे पहले लोट लूट कर लेते हैं अपना एक एक, एक रख लेते हैं भाई साफ चलते हैं भाई, भाई भाई भाई भाई और क्या कहें हम भाई भाई सबको एक बात बता रहा हूँ भाई जिसने अभी तक मेरे का वीडियो देख रहा है भाई लाइक कर दो यार जैसे तैसे लाइक करो और मेरे मेरा चैनल को सब्सक्राइब होक दो क्योंकि आने वाला वीडियो इससे भी मजेदार फाड़ू और ढासु होने वाला है भाई भाई लाइक लाइक कर कर दो यार और जिस किसी ने अभी कर दिया उसके उसको थैंक यू तो भाई, बुलावा आया है माता ने माता ने बुला ओ भगवान बाय बोला जाता ओ ये तो बॉडी शर्ट से खत्म चलो लोटेट कर लेते हैं क्या है क्या है, क्या है। गोजा गजा गोजा गजा गजा गजा या गोजा यार क्या है <laughs> गोजा है ये गजा है भाई चलते हैं आगे और देखते हैं एनिमी कितने मिलते हैं हमको आज तो भाई तबाई एक बात मैं बोलना तो भूल ही गया भाई साहब वो बात क्या है बता तू भाई बताओ या नहीं आप लोग कॉमेंट बताओ बताओ या नहीं चलो जल्दी बताओ एक दो तीन में बताओ बताओ या नहीं ठीक है बता देता हूँ यार आज मैं टू फिंगर से थ्री फिंगर कर लिया है और थ्री फिंगर प्रैक्टिस करे ये पहला मैच है मेरा थ्री फिंगर प्रैक्टिस का तो भाई, भाई कैसा गेम प्ले जाता है मुझे तो पता नहीं और देखते हैं मजेदार गेम प्ले के साथ इस गेम को भूया लेते हुए और लेना ही पड़ेगा भूया क्यूँ नहीं भाई श्याप हम लोग क्या है भाई क्या है नूबड़े हैं हम लोग नूबड़े ओ भाई तो जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तक सस, अभी अभी, अभी जस्ट सब्सक्राइब कर दो क्योंकि करना ही पड़ेगा ये हेडशॉट देखने के लिए देख ये हेडशॉट शॉर्ट छोड़िए ये हेड देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दे और ये हेड देख ले, क्या ओपी वाला है है क्या ओपी वाला हेडसोट था तो ऐसे इंटरेस्टिंग ओपी वाला हेड और भी दिखाऊंगा भाई तो प्लीज प्लीज प्लीज सब्सक्राइब चलो मैं तीन तक गलती करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर देना एक दो ओ भाई, भाई भाई भाई ओपी हेडशॉट साहब इसके लिए तो सब्सक्राइब बनता है प्लीज और कमेंट में और ओपी है। है। ओपी भाई, प्यार प्यार ओपी हेडशॉट भाई भाई जरूर जरूर जल्दी जल्दी से जल्दी इससे भी हेड शॉर्ट क्या हेड शॉर्ट है ये इससे भी बंपर हेड शर्ट मारेंगे हम हम दो किलोमीटर हम हेड शॉर्ट मारेंगे तो मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं बीएस गेमर ये क्यों बोला मेरे को पता है क्योंकि भाई बोलने के लिए शब्द ही नहीं है मेरा नाम बिट्टू है भाई दोबाई और बीएस गेमर मेरा चैनल का नाम है तो आप लोग जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब ठोक दो कर क्या रहे हो यार और लाइक ठोकते हुए जाना भाई लाइक जिस किसी ने ठोक रखा है उसको थैंक यू क्योंकि तुम लोग भाई महान हो यार महान हो तुम लोग भगवान नहीं तुम लोग उससे भी ऊपर हो नहीं सॉरी सॉरी तुम लोग इंसान ही नहीं हो मतलब महापुरुष महापुरुष वाला <laughs> भाई सब महापुरुष वाला है तुम तो भैया तो हमारा तीन किल हो चुका है अभी तक तीन किल हो चुका है भाई कितने किल होते हैं हम देखते हैं आज इसमें भाई लास्ट तक देखे ओ भाई एक किधर भी नहीं मिल रहा है क्या हम मर जाएंगे यहाँ पे भाई नहीं बुया ले पाएंगे ये देखते हैं यार क्या होता है पता नहीं अभी देखते तो हैं क्या होता तो है भाई सब चलो भाई एक गाड़ी आ वाला है भाई गाड़ी गाड़ी गाड़ी गाड़ी ओपी ओके ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये क्या है उड़ गया मरा नहीं यार बज गया सौ चौरास बोलते है इसको। ओके? तेरे को ओ भाई साहब कैसे, कैसे कैसे यार। यार। तो बच गया है। ओ, चले फैक्ट्री में देखते है कितने एनिमी मिलते है भाई शाह पूरे फैक्ट्री घूम लिए एक भी बंदा नहीं मिला हमको कैसा नसीब खराब तो है चार किल में रुक जाएंगे क्या यार क्या हो रहा है भाई बंदे बंदे बंदे बंदे बंदे बंदे बद रुक वे भाई क्या वाई भाई भाई भाई थ्री फिंगर खेल रहा हूँ ना इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है भाई किसी को बुरा नहीं मानना यार थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि थ्री फिंगर आज एक दो तीन चार बंदे है किधर है और इधर एक ओ भाई रुक जाओ वे भाई मैं तुझे मारूँगा रुक के ओके ओ भाई ये क्या है एक में मर गया ओ भाई साहब ओ किधर किधर किधर रुक रुक रुक मैं ओ भाई साहब तो सात किल हो चुके हैं हमारे यहाँ पे और हम बरमुडा के किंग बनने वाले हैं मतलब बुया लेने वाले हैं वो ही किंग है भाई साहब सब लोग फैक्ट्री किंग ही हो गए क्या बरमुडा किंग भी हो जाता है आज बरमुडा किंग ही लगाऊंगा मैं यार सब लोग फैक्ट्री किंग फैक्ट्री किंग कहते है अरे फैक्ट्री किंग के क्या क्या झंडे उखाड़ लेंगे बरमुडा का किंग बनो यार वही सही है यार बरमुडा किंग फैक्टरी किंग फैक्टरी हाँ फैक्टरी फैक्टरी फैक्टरी करता है भाई वोई, वोई, रुक जाओ के और एक शॉट और एक सौ ओ भाई आठ किल हो चुके हैं यहाँ पे हमारे भाई सब आठ किल ओपी भाई थ्री फिंगर का जादू है क्या ये थ्री फिंगर कर लिया इसीलिए आठ किल निकल गया मेरा भाई साहब क्या खतरनाक है वे ओ पियो पीओ पी और मिले ना मिले हमको एनिमी हम तो मारेंगे ओ भाई गाना कैसा है बता दू अरे लग गए नहीं नहीं नहीं नहीं ये भी नहीं मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ भाई बाकी आप बता दो कॉमेंट कमेंट में मत बताओ यार अच्छा नहीं लगेगा मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूं भाई साहब एक गया मेरा नौ किल भाई हम लोग ऐसे ही नहीं खेलते हम लोग रेंग खेलते है। ओई, ओपी नहीं पड़ा क्या पड़ गया क्या पालम नहीं यार चलो भाई दस किल ओ भाई साहब मतलब कि इस बार तो भूया पक्का है ओ इधर है ओपी अरे रुक यार यार ओ, के मिल चुका है हमको किल किल उधर दिखाई तो दे रहा है रुक रुक रुक रुक आ रहा अरे बाबा ओ 62, ओ 62 2020 ओ, के, आज का भूया पक्का है भाई लिख लो भाई लिख लो भाई आज का भूया पक्का है हैट और भाई बॉडी शॉर्ट दोनों ही मार रहे हैं आज का भूया पक्का है भाई लिख लो भाई कमेंट में ठोक के लिखो यार भूया आज का पक्का है ओके तो भाई हम चलते हैं की ल... तेरे वा। तेरे वा। भाई या तेरहवा तेरहवा तेरहवा पता नहीं यार भाई तेरहवा बोलने बहुत खराब हो जाता है भाई छोड़ी भाई भाई चलते हैं अगले मैच की तरफ भाई सब लास्ट तक भूया करेंगे और भाई वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहे और एंजॉय करते रहे हम लोग भूया लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे क्योंकि आज छोड़ने वाला हम ऐसे नहीं है बिट्टू बिट्टू आज फाड़ देगा फाड़ देगा और यूट्यूब का नाम बिगा सॉरी उठाएगा तो भाई सब लाइक करो यार करो बोलने का शब्द ही खत्म हो गया भाई और क्या बोले यार लाइक करो यार बोल बोल के थक चुका है हम कर भाई इतने डेड बॉडी भाई साहब पूरे बॉक्स ही रुक रुक रुक रुक अरे बाबा जा बेटे गोली ही नहीं लगा ए भाई साहब रुक रुक रुक अभी हम पहले इसको रुक जा अभी तेरे पेटी तू तू रुक रुक अबे अबे ओए ओ भाई दूसरा ओए, ओए, भी गया तो हो चुका है हमारा यहाँ चौदह किल चौदाह चौदह फोर्टीन किल हाँ भाई चा फोर्टीन किल हो चुका है हमारा और देखते हैं कितने कर सकते हैं तो आज का मैच तो बहुत ढासु हो रहा है भाई भाई मेरे को तो, मेरे को तो ऐसे धक धक हो रहा है भाई तो भाई भाई इधर ओ 63 सच में हो रहा है भाई क्या होगा हम क्या भूया लेंगे भाई साहब हम क्या इधर बहुत है ओ पी ओ भाई इसकीन में एनिमी ही एनिमी ही ओ भाई ओ किधर है है लेकिन ओ एक है। अरे 27 रुक रुक रुक रुक जा रुक जा रुक जा रुकना रुक मारूंगा तुझे रुकना चा इसको पोटी बना दिया कोई किसने बनाया भाई ओ उसने बनाया रुक चचा हेलो हेलो चचा हेलो चचा हेलो हेलो हेलो हेलो भाई नो बड़ा रुक ना मैं तुझे मारूंगा डे रुक ना वो भाई रुक ए ऊपर में वही है किधर है भाई अच्छा रुक ऊपर उठ के जाता त्विंग किधर है किधर है किधर है किधर है किधर इधर है ओए आजा आजा आजा आजा आजा ए सौ का गिरा क्या है यार ओ भाई साहब मेरा सतरा किल हो गए हैं भाई सतरा सोलो में इतना दमदार प्लेयर कैसे हो गया मैं यार सोलो में भी इतना खतरनाक खेलता हूँ कि मैं इतने सारे के सारे नुबड़े आए हैं इस बार ये बोर्ड समझ में नहीं आ रहा कुछ भी यार देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा तो आज का गेम प्ले इंजॉय कीजिए और लास्ट तक बने रहे हमारे साथ और हमारी फैमिली का मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब ठोक दे और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सिलेक्ट करें जल्दी करें ओ भाई भाई भाई भाई भाई भाई बाई भाई चलो चलो चलो सतराह किल हो गए हैं सतरह किल हो गए हैं हमारे अभी देखते हैं ओह भाई सब ओ पीहर छोटी अठारह किल भाई भाई भाई हेर छोट के छत किल हर शोर्ट के हर के साथ अठारह किल हो चुके हैं हमारे ओ भाई भाई भाई भाई और क्या है और किधर किधर किधर के हैं आदमी है छ है छी ओ भाई भाई ओ ओ इक्कीस उन्नीस उन्नीस उन्नीस उन्नीस उन्नीस उन्नीस भाई जो लगा के उन्नीस भाई कॉमन में उन्नीस बीस बीस किल हो चुके हैं हमारे यहाँ पे भाई बीस किल गए, और चाहिए तीन में है और तीनों को मैं मारूंगा तो तीनों को बोल रहे है एक तो मई भाई रिमोट बनता है इधर रिमोट बनता है यार सच में यारगे बाई बाईस करेंगे बाईस किल बाईस बाईस बाईस बाईस बाईस हो जा बाईस हो जा बाईस हो जा भाई बाई बाईस हो जा इधर एक हाँ ओके इक्कीस और एक को हम ही टपकाएंगे और भूया लेंगे भाई बंधु लास्ट तक एंजॉय करें वीडियो और लाइक सब्सक्राइब ठोक के जाना यार क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए बस तुमको गेम प्ले दिखाने के लिए और तुमको एंटरटेनमेंट करने के लिए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ठोक दो यार तो भाई साहब एक बंदा किधर है भाई किधर है किधर है मिला मिला मिला नहीं मिला मिला मिला मिला किधर किधर किधर किधर मिल गया ए हचो, हचो, हचो, हचो, हचो, ए भाई नहीं हो रहे और एक गोली और एक गोली और एक गोली और एक गोली ओ पी और यहाँ पर भूया कन्फर्म है तो लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद और आने वाला वीडियो और भी मज़ेदार फाड़ू और ढांसू होने वाला है तो टेक केयर एंड बाय